असलकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है नशरा सिद्दीकी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कमाल की वीडियो जिसमें मैं आपको इंग्लिश के बारे में स्टेप बाई स्टेप बताऊँगी मैंने ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है सो so गाइज आपको करना क्या है आपको ये करना है कि आप हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए चलिए गाइज़ अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर सो गाइज़ आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश लेसन नंबर वन है गाइज़ आप में से जिसे इंग्लिश हिंदी से सीखनी है वो हिंदी से सीख सकता है और जिसे उर्दू से सीखनी है वो उर्दू से सीख सकता है वो आपकी चॉइस है सो so गाइज़ सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये रखना है कि किसी भी जबान को सीखने के लिए कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी होता अब है। अब आप ये सोच रहे होंगे वो चीज़ें क्या हैं तो मैं आपको वो चीज़ें तफसील से बता देती दे दूँगा तो वो चीज़ें ये हैं नंबर वन लेटर नंबर टू वर्ड नंबर थ्री सेंटेंस नंबर फोर पैराग्राफ नंबर फाइव ऐसे अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार उफ़ ये चीज़ें क्या हैं मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बट अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ है नश्रा सिद्धि सोगाइज़ जो सबसे पहला आया था वो था लेटर तो हम आपको लेटर के बारे में बताते हैं सोगाइज so लेटर बोलते हैं हर्फ को जैसे उर्दू की मिसाल देखिए जैसे अलिफ एक हर्फ है बा एक हर्फ है और ता एक हर्फ guys, है। गाइज़ अब हिंदी की मिसाल देखिए ए एक हर्फ है अ एक हरफे ई एक हर्फ है अब इंग्लिश में देखिए ए एक हरफे बी एक हरफे और सी एक हर्फ है तो गाइज़ इन सब को बोलते हैं लेटर उर्दू तो में एक को वाद बोलेंगे और इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं गाइज इतना तो आप भी जानते होंगे हर्फ को लेटर और हरूफ को लेटर बोलते हैं सो so, गाइज आपको यहाँ पर एक बात और याद रखनी है वो ये कि जब ये सारे लेटर्स ए से लेकर जेड तक लिखे होते हैं तब इनको लेटर भी नहीं बोलते और ना ही लेटर्स तब इनको बोलते हैं अल्फ़ा बैट्स अल्फ़ा बैट गता है वर्ड, वर्ड यानी हिंदी में बोलते हैं शब्द और उर्दू में बोलेंगे अल्फाज फॉर एग्ज़ाम्पल मेन एम एरफे एक है और एन एक है। जब हमने इन तीनों हर्फ को मिलाया, यानी इन तीनों हर्फ को मिलाया तो ये एक वर्ड बन गया इसी तरह जब एक से ज़्यादा वर्ड आ जाए तो उसको हम वर्ड्स बोलेंगे नेक्स्ट आता है सेंटेंस सेंटेंस उर्दू में बोलेंगे जुमला हिंदी में बोलेंगे वाक्य जब हम वर्ड को जोड़ते हैं तो फिर बनता है सेंटेंस देखिए गाइज जब हम लेटर बनाना सीखते हैं तो फिर बनता है वर्ड और जब वर्ड बनाना सीखते हैं तो बनता है सेंटेंस और जब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं तो फिर बनता है पैराग्राफ और जब हम पैराग्राफ बनाना सीखते हैं तो फिर बनता है एस अल्लाह इज़ वन अल्लाह एक वर्ड है इज़ एक वर्ड है वन एक वर्ड है, है, है जब हमने इन तीनों वर्ड को मिलाया तो बना एक सेंटेंस यानी एक पूरा सेंटेंस बन गया देखेगा इस जब हमने लेटर को जोड़ा तो बना वर्ड और जब हमने वर्ड को जोड़ा तो बना सेंटेंस और जब हम सेंटेंस को जोड़ेंगे तो बनेगा पैराग्राफ और जब हम पैराग्राफ जोड़ेंगे तो फिर बन जाएगा एस देखिए पैराग्राफ देखिए श्याम इज़ ए गुड बॉय श्याम एक वर्ड है इज़ एक वर्ड है ए एक वर्ड है और गुड एक वर्ड है हमने इन सब वर्ड्स को मिलाया तो एक सेंटेंस बन गया फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया आगे देखिए ही लर्नस हीज़ लेसन डेली ही एक वर्ड है लर्न्स एक वर्ड है हीज़ एक वर्ड है लेसन एक वर्ड है और ही एक वर्ड है जब हमने इन सबको मिलाया तो ये भी एक सेंटेंस बन गया तो ये हमारे दो सेंटेंस हो गए जब हम इनमें इस तरह के और सेंटेंस मिलाएंगे तो ये एक पैराग्राफ बन जाएगा और आप जब पैराग्राफ जोड़ेंगे तो फिर बन जाएगा एस और जब आप एस जोड़ेंगे फिर बनेगी बुक उसे आप बुक कह सकते हैं सो so गाइज ये आपके पांच स्टेप्स होंगे इंग्लिश सीखने के लिए सो so गाइस सबसे पहले आपको लेटर्स याद होने चाहिए और उनको लिखना भी आना चाहिए गाइस आपको मालूम होना चाहिए कि इस जबान के अल्फाबेट्स क्या हैं बस आज की वीडियो में इतना ही गाइज आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़